सभी जुब हम है हजारों में अब की गे जरा है हर चीज खास है अब है जो है वो समा है तुम्हारे संगीत एवरीवान स्वागत करता हूँ हमारे न्यूज चैनल पर। जैसा कि थंबनेल देखकर आप सबको पता चल ही गया होगा कि ये मेरा लाइफ का बेस्ट ब्लॉग है तो मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देना चाहता हूँ मेरा नाम हुआ काजी अली और मेरा एजुकेशन की बात करें तो मैं अभी टेंथ में हूँ पढ़ाई मेरा अभी कंटिन्यू चल रहा है तो मैं घर से थोड़ा दूर आए थे यहाँ पर जिधर हरियाली दिख रहा था तो यहाँ पर मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ आप सबको कैसा लग रहा है कॉमेंट में बताइएगा अगर आप सबको ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिएगा चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द तब तक के लिए जय हिंद जय भारत